नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल चैनलिदासी से महालक्ष्मी पूजन का ये जो हमारा पार्ट है ये दूसरा पार्ट है इससे पहले के पार्ट में संकल्प तक की जो है प्रक्रिया हो गई थी हर एक विधि आपको बता दी उसके आगे पुनः हमारे साथ संजय शास्त्री जी हैं और कर्मकांड में बहुत ज्यादा पारंगत है अभी तक आपने इनकी विद्वता या जो है कहते हैं जो पांडित्यपूर्ण बातें हैं आपने समझ ही ली होगी उसके आगे की प्रक्रिया क्या है ये हमको शास्त्री जी बताएंगे और देखिए दर्शकों वीडियो पूरा आप चलाइएगा प्लीज स्किप मत करिएगा वरना ये कोई भी चीज अगर मिस होगी तो नुकसान आपको ही होगा आप पूरा वीडियो है तो डाउनलोड कर लीजिए या तो आप बार बार देखिए कोई दिक्कत नहीं है कोई भी चीज ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं फेसबुक पेज एस्ट्रो एस्ट्रोबिदाशीज पर आप जाकर हमारा पेज लाइक करिए वहां पर मंत्रों से संबंधित जानकारी दे दी जाएगी क्योंकि वहां पर शब्दों की सीमा नहीं है यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पांच से ज्यादा शब्द नहीं लिखा जा सकता है तो यहां पर थोड़ी सी शब्दों की लिमिट कम पड़ती है आप लोग जाइए और में जो है है हमारे फेसबुक का लिंक भी शास्त्री तो तो जी दर्शकों से बताइए की क्या प्रक्रिया होगी अगले कार्यक्रम में जिस तरह से हमने संकल्प तक तो पूरा कर लिया उसके बाद अब अच्छा और पुष्प लीजिए ये देखिए अच्छा था दर्शकों आ मतलब होता है नहीं छत मतलब होता है टूटा हुआ तूटा। तो उसी को अक्षत बोलते हैं और, और लाल अक्षत फिर हम आपको बता रहे महालक्ष्मी पूजन में लाल अक्षत का ही किया प्रयोग जाता किया जाता है, है। और ये देखिए हमने यहाँ पर जो है पुष्प ले लिया सर्वप्रथम गणपति महाराज का ध्यान कर लेकिन थोड़ा सा आप ले सकते तो गणपति महाराज का ध्यान गणपति महाराज का जो है पुनः हम लोगों को क्योंकि हर विघ्न बाधाओं के हर विघ्न बाधाओं बाधाओ को आपके जो मार्ग में या आपके नौकरी में या आपके व्यापार में जो भी जो है बाधा आ रही होगी उसको यही दूर, यही करें दूर करेंगे। इन्हीं से आपको प्रार्थना करना है माई बाप यही है यहाँ कोई ज्योतिष कोई तांत्रिक आपका नहीं बदल सकता है जो जो भी भी आपका बदलेंगे गर्पति महराँ। गर्पति महराँ बदलेंगे गणपति गणपति महाराज महाराज इन्हीं के आगे, आगे आप लोग हाथ जोड़िए जो कहना कहिए ओम हैद्रा नियता प्रणता ओं गणना गणपतिगु गवाम हे प्रियान्वा प्रियपतिगु गवाम हे निधिन्वा निधिपतिगुम गवाम हे पशु मम आहम जागर्भधम्ह तम जासी अंबिके अंबालिके अंबे अंबि के नश्चन ससुभद्रिका काम पीलवासनी ओं हे हे रंभ महे सपुत्र शमस्तवनौ विनानाश मांगल्य पूजा प्रथम प्रधानमंत्र पूजा भगवन नमस्ते ओम गणपति ओम गंगणपत नमः गणपतिमाहयामी स्थापयामी पूजयामी ध्यायामी च अभी जो अक्षत और पुष्प है गणेश जी के पास है यहाँ गोमय गौरी और गणेश जी हाँ इनके पास छोड़ दें ये देखिए गौरी भी गणेश जी है इनके पास ही अक्षत को छोड़ देना है अब फिर पुष्प और अक्षत लें और ये हमने लिया जो है थोड़ा सा अक्षत और ये हमने लिया थोड़ा सा यहाँ पर पुष्प और जी और जल कलश महाराज का ध्यान देखे। अब देखिए कलश जी जो बने हैं इनका ध्यान करना करने सभी देवताओं का वास होता है जब मंत्रों के द्वारा हम आपको बता रहे हैं आप जो मंत्र पढ़ा जाएगा इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कलशस से मुखे विष्णु कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता कंठ में रुद्र का होता पंडित जी जो मंत्र पढ़ेंगे एक बार इस पर आप अगर गौर करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा जी पंडित जी शुरू करो ओम कलश्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूल तस्तो ब्रह्म मध्य मातृग्रह स्मृता कूछव तू साग्र सर्व सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेदोंथर्वण अंगता सर्वे कल सन्तु सामश्रित अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकी तथा आया तो मम शांत्यर्थ दुरीतम छका पत वरुणय नम वरुण महाराज के मंत्र में चारों वेद जी। ब्रह्मा विष्णु महेश जी जी। रिद्धि बुद्धि इस सबका जी, जी जी तो इसलिए अब आप अब ये हम कलश पर छोड़ दे। हाँ, पर अब देखिए कलश महाराज इसको छोड़ देना कलश देवता पर छोड़ देना है हाँ। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर छोड़ छोड़ा गया वहां फिर चूंकि नवग्रह बने हैं तो नवग्रह में चंद्रमा है नवग्रह बने हुए यहाँ पर चंद्रमा चंद्रमा यहाँ पर शुक्र है ये व्हाइट कलर से बने हैं चंद्रमा का भी कलर व्हाइट होता है शुक्र का भी कलर व्हाइट होता है ये भगवान बुद्द बुद्द है।, हरे है और ये सूर्य देवता बने हुए रेड कलर से है। बगल में मंगल त्रिकोड़ाइंग ये हमारे जो है राहू महाराज हैं और ये शनिदेव है और ये पूछ अर्थात ये केतु हैं तो इस प्रकार से जो है ये बना हुआ ये नौग्रह इसमें जो है संपूर्ण उधर जो ये जो, हाँ। जो अक्षत रखा हुआ है लाल पीला मल्टी कलर मल्टी कलर के ये जो है अक्षत है तो थोड़ा सा हम इनका अक्षत ले लेते हाँ, हैं इसमें सभी जो रंग है रंग व्याप्त हैं जी जी हाँ तो नवग्रह का भी ध्यान कर लिया जाए। जाएग्रह का ध्यान करना। थोड़ा, थोड़ा सा देखिए फूल देवताओं को फूल बड़े प्रिय प्रिय होते होते हैं, हैं। बहुत भूमि सुतो बुधश्च गुरुक्र शिराहु केत सर्वे ग्रहा शांति करा भवत सूर्य सौर्येन्दुरुच्च पदवी सन मंगल है मंगलम सदबुद्धि बुद्ध गुरुम चुत शुक्रम सुखम शनि राहु बाहु बलम करो तुम सततु अच्छा सभी के राजा और देखिए अभी पंडित जी ने मंत्र में कितनी अच्छी चीज के अगर आप लोगों ने ध्यान किया होगा राहु बाहूल बलम करो तुम सततम अगर राहु आपका अच्छा थर्ड हाउस में पराक्रम के घर में किसी से आप नहीं दबेंगे और बाहुबल का जो है ये जो है कारक ग्रह होता है केतु कुलश आपके परिवार को कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाला तो ध्वज पताका होता है केतु हमने राहु और केतु के दोनों दोनों वीडियो आपको बताए इनके उपाय बताए हैं तो ऐसा नहीं है आप अगर मन से ध्यान करेंगे मन से पूजा करेंगे इन लोगों की तो अपना जो है प्रीति का राभ राभ सर्वै आप लोग ले सकते हैं देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करेंगे की आ जाए तो ठीक है नहीं तो फेसबुक पेज पे मंत्र आपको मिल जाएगा अब पंडित जी नवग्रह का ध्यान होगा खोडस मातृ का हाँ जी खोडस मातृ का सोलह सोलह मातृका जी जी अब इनका ध्यान करना होता है और देखिए इनको भी मल्टी कलर का ही जो है हाँ। ये ले करके ध्यान करते हैं अच्छा हाँ। और ये मल्टी कलर का पूश। अच्छत है और ये हमारे पास पुष्प है क्योंकि ये हम आपको डेमो वीडियो बना रहे हैं हाँ। तो जी इनका ध्यान करना है और देखिए बहुत ही ये चीज रियर होती है कोई ये लोग वो जो है नहीं बताते हैं हाँ। खोडस मातृका खोडस मातृका के बारे में अधिक लोग इस तरीके से बना के से नहीं कराते हैं तो आप लोग प्लीज ये बनवाइएगा जरूर पंडित जी को अगर आप पैसा देंगे तो पैसा वसूल देना मातृशक्ति का पूजा होना मातृशक्ति की पूजा होती है इसमें कई तो कुल देवी होती कुल है देवी, अपने भी घर आ, की देवी हमारे घर की भी जो है देवी जो है इसमें कुल की देती है अपने आपकी कौन सी देवी हम कुल की देवी है यही पर स्वाहा स्वाहा तो शुरू किया जाए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नम सुव स्व खोडस मातृका भ्यो न यहाँ पर खोडस मातृकाओं का ध्यान होगा गौरी पद्मान सचिव मेखा सावित्री विजया जया, जया। देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्र पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनम कुल देवता गणेशे नामधिका होता है वृद्ध खोड़स ये खोडस मातृका यहाँ पर एक और बढ़ जाते हैं गणेश जी क्योंकि जहाँ पर खोडस मातृकाओं का ध्यान होता है तो वहां पर लास्ट में आकर जी, जी, हाँ। जी, जी। के गणेश सूचक सोलह सूचक किया हाँ। है ना तो जहाँ माता को आवाहन किया जाता है पुत्र अपने आप चले जाते हैं और इसी तरह मातृका के बारे में आपने अभी जो मंत्र पढ़ा था एक बार पंडित जी पुनः हमारे दर्शकों को पढ़ के सुना दीजिए गौरी पद्मान सचिव मेघा सावित्री विजय आजया देवसेनास्वधा स्वाहातरोकम पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनम कुलदेवताता गणेशेनाधिका होता वृद्ध पूज्याशोडश ठोडस मतृकाभ्यो नम असप्तघृतमातिकभ्यो नम यह सप्त हाँ। है, घी से और सिंदूर, सिंदूर से बनाई जाती है वहां पर देखिए यहाँ पर हमने द्रव्य लक्ष्मी श्री के नीचे द्रव्य लक्ष्मी यहाँ पर देखिए क्रम से जी। जी। एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ और यहाँ सात यहाँ से आप आएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात ये सात जो है सप्तृृत मातृका इसको बोला जाता है तो घी और सिंदूर से बनाया जाता है लक्ष्मी पूजन में दर्शकों एक सावधानी और रखिएगा कभी भी सिंदूर अगर चढ़ाना होगा तो आप लोग प्लीज मत चढ़ाइएगा आपके घर की महिलाएं या अपनी बहनों से चढ़वा लीजिएगा लेकिन आप अगर मेल है तो प्लीज आप सिंदूर, सिंदूर मत जी तो यहाँ इन लोगों का ध्यान हो गया ध्यान करने के बाद जी पंडित जी बाएं हाथ में अच्छा ताप ले लीजिए ये लाल अच्छा था। हाँ, लाल अच्छा क्योंकि जब हम सभी शक्तियों का आवाहन करते हैं तो आवाहन करने के बाद उनका प्रतिष्ठा किया जाता जी, जी, है जी, जी। तो बाएं हाथ पहले दीपक जो है दीपक, देव को बुलाया जाएगा हाँ जी तो, तो यहाँ पर थोड़ा प्रा दे परमात्मेत घोरा दीप ज्योतिर्मस्तु तो अब इसको जो है हम दीपक ओम श्री दीप मावाल्य नम जी पर पर हमने के ऊपर रख जी, दिया जी, तो अग्नि का यहाँ पर हो गया वास। जी, अब इनका आवाहन भी, आवाहन इनका। भी होगा जी, हाँ तो अब वहा अत लिए है अपना जी, हाँ जी, तो वहां से अब बाएं हाथ में अच्छत रख करके दो दो दाना सब जी, पर जी, हाँ प्रतिष्ठा इन लोगों की, की जाए जी, ओं मनोर्ज्योतेज्योस्ताजस् बिहस्पतिम तन्नोतरिष्टम समीम दधा प्रतिष्ठितो प्रतिष्ठि बोलिए ओं प्रतिष्ठि प्रतिष्ठा अस्ण प्रतिष्ठत अच्छर चय दैवत्मर्चा हे मं हेति कंचन ओं भो भौर्व स्व गणेशंबिकाभ्याम सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो प्रतिष्ठा पूर्वकम आसनार्थे अक्षतानम समर्पया हाँ आवाहन हो गया आसन के लिए वही अपना जो है अक्षत छोड़ दिया जाए जी जी बता दीजिए उसके लिए आसन के लिए भी ये आसन के लिए अच्छा छोड़ा जाता है आप लोग कपड़ा भी वहां पर जो है हाँ बिछा हा सकते हैं देखिए दर्शकों यहाँ पर जो है आसन दे दिया गया है आप लोग अपना अपना आसन दे दीजिएगा हमने ऑलरेडी आसन दे रखा है माता को अब आसन के बाद क्या होगा पंडित जी बताएंगे प्राप्त प्रतिष्ठा हो चुकी है थोड़ा आप जल लेकर के ओम देव स्वा शक्ति प्रसवे सिन्नो बाहुभ्याम पुष्प हस्ताभ्याम एतम आचमनियम पुनराचप जल जो क्योंकि जब आते हैं देवी देवता तो उनको थोड़ा सा आचमनी दिया जाता है भाई आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा हाँ। तो आप लोग पानी पूछेंगे ना तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर हाँ। हो रही है एक शिष्टाचार के कारण हम जल ले जा करकेतम आचमनीय पुनराचमीयम जलम समर्पयामी अब इसके बाद पंच स्नान होता है जी पंच स्नान पांच प्रकार का स्नान होता है जैसे पंच होता है बरगद आम कपल्लो, उसके बाद बीपल का का, भूलर। पकड़िया बोलते हैं गुलर हाँ, का हाँ। तो उसी प्रकार से पंच स्नान भी होता है हाँ, देवताओं का। जी देवताओं का ये पंच स्नान होता है इसमें सबसे पहले पंडित जी देखिए हमने स्नान उस्नान सब करा लिया है माता जी को तो हम आपको बताए दे रहे हैं उस प्रक्रिया से आप स्नान कराने के बाद फिर दूसरी प्रक्रिया अपनाइएगा तीसरी अपनाइएगा उसके बाद साफ कपड़े से उनको पोस्ट देना है अच्छे से फिर वहां पर रख के कपड़े वगैरह जो पहनाना है वो आप लोग पहनाइएगा तो पंडित जी प्रक्रिया पहली क्या है दूध से स्नान पहले बताया दूध से स्नान करना हाँ। यहाँ पर जो है ये ये दूध है और गाय का कच्चा दूध कच्चा है, है, हाँ। कोशिश कीजिएगा लक्ष्मी गणेश जी का जब भी पूजन होता है तो गाय के कच्चे दूध का ही प्रयोग गाय का, का दूध दही घी तीनों मिल जाए तो अति उत्तम गाय का दूध गाय की घी गाय की दही और गाय का घी घी घृत बोलते हैं हाँ। दे, जो है तो वो आप लोग ले लीजिए और कोशिश कीजिएगा जो देसी गाय होती है इसका हो बिकॉज आप जो है जो सूर्य होता है तो जो उसकी नाड़ी निकली होती है सूर्य केतु नाड़ी हाँ। तो फिल्टर होकर उनका दूध आता है और गाय में पंडित जी सुर नामक लक्ष्मी का स्थाई विकास हो, होता, होता है हमारी गौरी माता जो बनती है गाय के गोबर की बनती है जी देखिये हमने जो यहाँ पर बना करके रखा है गाय के गोबर से बना करके उस पर मौली लपेट करके रख दिया है तो ये जल जो है दूध से आपको पहले स्नान कराना हाँ। है और अच्छे से आप फिर स्नान करेगा पंडित जी मंत्र क्या हाँ। है ओम पय पृथ्व्या सु पय दिव्यंतरिक्षे पयोधा पय सती प्रद सन्तु महयम दे। काम धेनु समुदूत सुस्वादम कामधेनु मदु। तो ये करा देना जैसे दूध से यहाँ पर आप चढ़ा दीजिए आम का पल्लव रहेगा आप उससे भी चढ़ा सकते हैं किसको किसको चढ़ाना है गौरी गौरे और... लक्ष्मी माता इन सबको जो है जितने यहां पर यहां पर आप दीजिएगा सूर्य भगवान यहाँ सूर्य भगवान को थोड़ा सा तो ये सब आप दर्शित हो रहे फिर दही हो गया अब इसके बाद आएगा दही तो जो है जैसे मान लीजिए की दही से आप जो है यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा और दही का पंडित जी क्या दही क्रावड़ो अकारिश् राजस्ना सुरभि नो आयु न तिता न ओम भो भोरव स्व गणेशभ्याम नम बनुराई देवताय भ्यो नम नवग्रहादि देवतायो नम खोड मातृका भ्यो नम सप्त घृत मातृका भ्यो नम दधिस्नान समर्पया सभी देवताओं का नाम सम... ले करके आया आप सबको चढ़ाते लेके चढ़ा दीजिएगा दही उसके ये जो मंत्र चलेगा तब आप दही चढ़ाइएगा दर्शकों ठीक हाँ, है? है है फिर जैसे घी देखिए दर्शकों ये देसी घी है और ये भी गाय का है क्योंकि आपको दिखाने के लिए रखे हैं यहाँ पर हाँ, तो ये देसी घी से यहाँ पर जो है हाँ, जैसे नवनीतम समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम पावनम यज्ञ हेतु स्नान प्रति गृहतम तो, तो इसमें जो तीसरे नंबर की हमारी जो है सामग्री आएगी आएगी गाय की देसी घी तो यहाँ पर हम घी से स्नान करा देंगे घी का मंत्र क्या है पंडित नवनीतम समुत्पन्नम सर्वसंतोष कारकम पावनम यज्ञ हेतुश्च स्नान्थम प्रतिक्रिया तो ये दूध दही और घी से हो गया अब मधु आपका है तो वहां पर देखिए अब मधु जी, है। ये देखिए थोड़ा सा बहुत इसमें मधु है। शहद आप देख सकते हैं तो मधु से स्नान कराना रहेगा घी हाँ, हाँ। के बाद से हाँ। तो लेकर सब सारे देवी देवताओं पे चढ़ाइएगा पुष्प रेणु समुद्भूतम सुस्वादम मधुरम मधु तेज पुष्टि दिव्यम स्नानार्थम प्रतिक्रिया मधु से भी हो गया आपका जी उसके बाद गुड़ है जैसे वहां गुड़ है जी जी ये देखिए ये गुड़ है और कोशिश कोशिश कीजिएगा चीनी चीनी शक्कर, शक्कर का प्रयोग कतई मत करिएगा हमने अपने तमाम वीडियो में इसको रोक रखा है प्रतिबंधित कर रखा है क्योंकि देवी देवताओं की जो पूजन होती है वो शुद्ध सामग्री से होती है तो यहाँ पर आपको चीनी का प्रयोग नहीं करना होता वैज्ञानिक रीजन पंडित जी ये है क्योंकि उसमें जो है फास्पोरस भी होता है गंधक भी होता है तो ये अशुद्ध फॉर्म है जो हमारी शुद्ध फॉर्म है ये होती है गुड़ गुड़ नहीं है तो खाड़ वाली जो धागे वाली मिश्री आती है हाँ। आप उसका प्रयोग अवश्य कर सकते हैं लेकिन गुड़ मिल जाता है तो क्या कहना हाँ। तो इसके बाद गुड़ से स्नान कराना इसको सर्करा स्नान बोलते हैं सर स्नान सर्करा स्नान भी बोलते हैं हाँ। तो, तो, तो गुड़ से भी स्नान आप कराना गुड़ से भी पंच स्नान जी अब गुड़ के बाद पंडित जी देखिए दूध हो गया हाँ फिर पंचामृत बनता है पंचामृत वही अब इन चारों चीजों को हाँ। दही, दही, पंचामृत हो जाते हैं उसमें जल नहीं रहेगा तो ये पांचों जो है मिक्स कर मिक्स कर लेंगे पंचामृत से स्नान करेंगे हमने एक जो है इसमें पंचामृत बनाया पंचामृत बनाया हुआ इसके बाद पंचामृत स्नान अंत में आपको कराना है पंचामृतम मयानीतम मंत्र हाँ। आप लोग सुनिए फिर आप लोग स्नान करानितम दधि घृित मधु सरकरा या समायुक्तम अस्नानार्थम स्नान पांचो वस्तुओं से पांचो द्रव्य पदार्थों से दूध दही घी मधु और शक्कर से बना करके पंचामृत उससे स्नान कराया जाता है पंचामृत स्नान कराने के बाद एक बार फिर जल से स्नान कराया जाता है शुद्ध जल से यदि इसके बाद आप अभिषेक करना चाहें महालक्ष्मी का द्रव्य लक्ष्मी का यदि मान लीजिए कि आपके पास मिट्टी की मूर्ति हो तो उस पर अभिषेक नहीं आप कर सकते हैं क्योंकि वो छरित हो जाएगी जैसे यहाँ पर अष्ट धातु अष्ट धा की, की मूर्ति है और काफी पुरानी हमारे यहाँ माता जी हैं और इनको हमने देखिए हटाया नहीं इन्हीं की हम पूजा करते हैं जी पंडित जी तो वहाँ पर आप अभिषेक करते हैं कच्चे दूध से या फिर गंगा जल से कच्चे गंगाजल से श्री सूक्त का पाठ करते हैं। जी, ओम तो ये जो श्री सूक्त का पाठ है और कोशिश कीजिएगा आप लोग जब इसका अभिषेक करिएगा तो शंख ले लीजिएगा और दक्षिणावर्ती है तो अच्छा उसमें आप, आप जो है दूध डाल दीजिएगा हाँ। और उसके बाद से आप लोग अभिषेक करिएगा हाँ। और यदि नहीं है तो एक श्रृंगी आती है जिससे रुद्राभिषेक होता है आप श्रृंगी में भर करके अच्छे से अभिषेक करा दीजिएगा हाँ। जितने भी आपके घर में सिक्के रखे होंगे माँ लक्ष्मी से बने हुए या स्फटिक कस्ती यंत्रों का आप जैसे यहाँ पर देखिए हाँ। कछुए के रूप में का स्फटिक का रखा गया हाँ। है और इस बार जो हमने पंडित जी साधना कराई है हाँ। ये साधना सारी सामग्री हम जो है दर्शकों के पास भेजेंगे लगभग जो है इक्यावन लोगों की पूर्ण हो चुकी थी तो इस बार हमने पंडित जी एक छोटा सा जो है प्रयास किया था कि सही चीजें लोगों तक पहुंचाई जाए पहुंचाए पहुंचा, और इक्यावन लोगों का ही उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था उससे ज्यादा हमने लोगों के नाम बंद कर दिए थे क्योंकि हमारी सामर्थ्य इतनी ही थी अब अगली जो साधना सामग्री हमारी रहेगी अच्छे तृतीया में रहेगी और फिर नेक्स्ट दीपावली पूजन में रहेंगे और इस बार पंडित जी हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम क्योंकि इस बार जो इंक्वायरी आई थी हमारे पास काफी इंक्वायरी आई थी लगभग जो है पाँच सौ से ऊपर लोगों के कॉल आए थे कि प्लीज हमारे लिए आप करिए लेकिन मना कर दिए थे क्योंकि हम करा ना पाते लेकिन अब अगली बार का नेक्स्ट बार का हमने ये सोचा है कि कम से कम इस बार अगर इक्यावन था तो अगली बार दो लोगों को दो लोगों को साधना सामग्री भेजिए इस साधना सामग्री में पंडित जी स्फटिक के ये जो श्री गए हैं कछुए पे चमल पे भी है कपड़े पे भी है तो ये रहेगा प्लस के लक्ष्मी आपने जो, पुड़ा जो पुड़ा आपने कराया था काफी तो जो है मतलब हाँ। है और बहुत ही चांदी का थी और उनसे संकल्प भी लिया था उनको हमने पूजा पाठ की विधि भी दिखाई थी इसके बाद फिर पंडित जी उसमें स्फटिक की माला जिस पर जाप्त होती है वो स्फटिक की उसमें माला भी था तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप ऑफिस के नंबर पूछ लीजिएगा विधि क्या है और अब अक्षय अक्षर सामग्री क्योंकि तमाम लोग पंडित जी है क्या कि इसको बहुत ज्यादा व्यवसाय बना ली है व्यवसाय भी बनाए ठीक है ले लो तो आपकी दायित्व बनता है दुकान से लिए पैकिंग किए भेजिए क्या मतलब गलत है ये सब पूरी प्रकार से ये तो बहुत ही अभी हमने डेमो दिखाया है आप स्क्रीन पर देखिएगा कि किस प्रकार से वो पूजा चलती है किस प्रकार से वो पूजा की जाती है और बहुत बड़े कलश देवता की स्थापना हुई थी तमाम चीजों की स्थापना हुई थी जितने लोग संकल्प लिए थे वीडियो कॉल के जरिए जी जी जी और विदेश से भी जो है दो चार हमारे दर्शक थे वो भी वीडियो, वो भी, वीडियो, थे। वीडियो पर आए कॉल उनके संकल्प में उनको उस देश का नाम जैसे कि जो है एक लोग हमारे यूएसए से जुड़े थे एक लोग हमारे जर्मनी के थे एक लोग हमारे स्विट्जरलैंड के थे तो तमाम लोग ये हमारे तीन दर्शक जुड़े थे तो ये उन तक सामग्री पहुंचाई जाएगी जी पंडित जी आगे की क्या प्रक्रिया है ये पंचामृत स्नान हो गया अभिषेक में हमने बतायासरी का पाठ करते हुए अभिषेक कर ले उसके बाद गंगा से जो है शुद्ध जल जी, से जी, फिर स्नान कराएं इन लोगों को जी, ओम मंदाकन्या शुद्द्वारि सर्वपापम हरम शुभम तदिदम कल्पित देव स्नान्थम प्रतिगृहताम्मा ओम भो भो क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि उस मंत्र के ही माध्यम से हम देवी देवताओं को अर्पण कर सकते हैं तो यहाँ पर जब चढ़ाया जाए जैसे कि अब मंदा किन्या श्रा स्नान कराने के लिए तो ओम भो भूर्व स्व गणेश अम्बिका भ्याम नम यहाँ पर गणेश अम्बिका को जल से शुद्धोदक स्नान करा नवग्रहादि देवताय भियो नमः खोरस मातृका भ्यो नम सप्त घृत नमः अब वरुण देवताए भ्यो नम सबको यहाँ पर जी जी चढ़ा दिए वेद वेद तो स्नान अस्नान के बाद उसके बाद आचमनी एक बार जल छोड़ दिया जाता और आचमिनियम जन्म समर्पित आचमनी के बाद अब वस्त्र चढ़ाया जाता है तो वस्त्र में आप जो भी लाए हो बाजार से चाहे घर पर बनाए हो तो उनको हमने हमने पर माता, को माता रानी, रानी को, जी जी को को को चाहे गणपति जो, को जो हमने पहना चुनरी है गमछा है, है या माता जी के लिए चुनरी है यहाँ पर जो कुछ भी गणेश जी के लिए धोती है तो इसको वस्त्र कहा जाता है सामग्री होती है तो पहले वस्त्र पहना करके उसके बाद श्रृंगार का सामान होता है वो भी चढ़ा दिया जाए उप वस्त्र पहना दिया जाए चढ़ा दिया जाए यदि आपके पास नहीं है तो उसके विषय में यह है कि रक्षा सूत्र तोड़ करके और उसके विषय जी, जी हाँ। देखिए आपके पास यदि कोई चीज नहीं जरूरी नहीं आपके पास सब चीज सब तो तभी हो, पूजा हो हाँ। आपके पास जो होनी चाहिए चीज वो होनी चाहिए फीलिंग्स वो होनी चाहिए भाव भाव होना, तो होना चाहिए तो अगर आपके पास भाव है तो ये जितने फल चढ़े हैं और जिस प्रकार की है सब सामग्री कोई जरूरत नहीं आप एक अच्छा, अच्छा ते कर, ते कर ते के देंगे हाथ वो माता रानी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाथ जरूर, जरूर जोड़ लें और हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिएगा हाँ। नेक्स्ट टाइम हो सकता है माता रानी आपको इतना कि किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वस्त्र के बाद देखिए यज्ञो जरूरी हो यज्ञो पवित देखिये हम लोग भी जो है यज्ञो देखिये पहले यज्ञो यज्ञो पवित होता है और ये गणेश जी को जी जी ये यज्ञोपवित इसको जनेव बोलते हैं हम लोगों के तरफ इधर जनेव बोला जाता है है आप देखिए यहाँ पर हमने एक गणेश जी को पहले से ही ऑलरेडी इसको चढ़ा रखा था तो यहाँ पर यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम ये केवल जो है गणेश जी को और यहाँ पर वरुण महाराज को, को। यहाँ पर भी आप चढ़ा सकते हैं खोडस मातृकाओं को जनेव नहीं चढ़ाना चाहिए खोडस मातृकाओं को जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता है आप चढ़ाना ही चाहें तो यहाँ पर गणपति इसमें शायद बुद्ध ऐसे ग्रह है जिनको जो है शायद जो है जनेव कही कहीं कहीं लिखा है लेकिन वैसे सबको चढ़ाना चाहिए क्योंकि इनको राजकुमार भी कहीं कहीं कहा गया है तो हमारा मानना है कि सबको चढ़ाना चाहिए और बीच में आप सूर्यदेव को चढ़ा देंगे आप मत चढ़ाएगा हनुमान जी बैठे है इन पर आप चढ़ा दीजिएगा देखिये हनुमान जी हाँ गणेश जी को तो चढ़ा है जनेव ये जो है जनेव जो है यहाँ पर भी मंत्र है जी जी इसका क्या मंत्र है पंडित ओम जज्ञो पवितम परम पवित्रम प्रजा प्रतितम सहजम पुरस्ता आयुष्य मग्रह प्रतिमुंज सुज ये मंत्र है आपके यही यज्ञो पवित्र पहन करके जी। हनुमान जी, जी।, जी। यज्ञो पवित्र की रक्षा उसका सम्मान करने के लिए नागपा मेघनाथ के द्वारा जो ब्रह्मस्त ब्रह्मस्त उस बढ़ गए क्यूँकी उनका सम्मान करना तो यज्ञोपवीत जरूरी होता है यज्ञोपवीत के बाद एक बर्तन में मधुपर्क दे दिया जाए कांसे का बर्तन हो या फिर चांदी का बर्तन हो उसमें सब रख करके जैसे जल है मधु है सरकरा है इस सब कर कर उसमें मधु पर के दिया जाता है जी। जी। और आभूषण का जो है माता जी को श्रृंगार कर वो जी। जी। औरतों का काम होता है अपना... हाँ। देंगी जी। उसके देंगी बाद जैसे अभी यहाँ पर गंध है चंदन है जैसे अभी अभी यहाँ पर है सब सामग्री है दिखा दीजिए थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर सभी प्रकार की सामग्री रखिए यहाँ पर जो है अभ्रक है अबीर है सिंदूर है छत है हल्दी है रोली है और चंदन है तो तमाम चीजें यहाँ पर हाँ। रखी हुई हैं, इत्र तक रखा इत्र हुआ तक रखा है, रहा और देखिए दर्शकों एक चीज बताना चाहेंगे इत्र का जो प्रयोग आप लोग करिएगा प्लीज नो वो स्प्रे वाला इत्र मत लाइएगा या लाते हैं तो उसमें ये देख लीजिएगा कोई अल्कोहल की तो मात्रा उसमें नहीं है आपको जो है शुद्ध लाना है और खास करके वो अगर गुलाब के फूलों से बना हुआ रसो से बना हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा उसको कॉटन रूई में लेकर तब माता को और गणेश जी को जितने भी देवी देवता दे उनको आप लगा दीजिए और ये देखिए कमल का फूल है दर्शकों हाँ। ये कमल का फूल माता रानी बहुत प्रिय है श्रींगार करने के बाद श्रृंगार करने के बाद जो है पुष्प अर्पण इसका मंत्र क्या है पंडित जी पुष्प रेणु समुद्धम जी और इसलिए हमने माता रानी को चढ़ा दिया अब माता रानी को देखिए प्रिय क्या क्या चीज है इसको बोलते हैं श्रीफल श्रीफल बहुत ज़्यादा प्रिय है तो हमने चूंकि अनार से शस्त्र करा ही दिया था हाँ। और अनार भी बहुत प्रिय है किसमिस भी बहुत प्रिय छुहाड़ा भी बहुत प्रिय है तो ये श्रीफल है ये माता रानी को प्रिय है और इसको हम यहाँ पर जो है एक हमारे पास चांदी का बर्तन है इसमें हमने माता रानी को क्योंकि ऐसे मन नहीं रखना चाहिए कोई जो है मतलब हम लोग भी खाना भोजन करते हैं तो बर्तन लेते हैं उसी में जो है हाँ, करते करते है भोजन करते हैं पर सब सामग्री जो रखी गई है जैसे हल्दी है कुमकुम है अबीर है अबरक है अबीर है अब्रक जे, है, है इसमें जो भी हाँ, सामग्री है वो सब देवी देवताओं को श्री खंड चंदनम दिव्यम गंद मनोहरम विलेपनम सुर श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहता ओम भोर व गणेश अंबिका अभ्याम नमा बरुरा देवता नौग्रहादि देवता देवी देवता तो इसमें आप, चला तो आप, आप लोग भी चंदन ले करके चढ़ाइए श्री खंड चंदनम दिव्यम गंध्या मनोहरम बिलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहता है चाहे उसका और भी मंत्र है तो, तो चंदन लगाने के बाद हल्दी है अबीर है तो अबीरम चुलाल चरिद्रादी समन्वितम नाना परिमल जो भी द्रव्य हाँ, नाना प्रकार के जो यहाँ पर दे। दे। परिमल लगते हाँ हैं दे। दे। नाना परिमल चा चा हरिद्रादी नाना ओम जो भी मंत्र पढ़े तो उसमें आप ओम भू भूर्व स्व गणेश नमः सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो नमः दे। समर्पण कर देगा दे ऋग्वेद दे यहाँ पर आ गया ओम भूर्भुअ स्व हाँ। स्वामित्र द्वारा रचित अभी जी न्यूज पर हम देख रहे थे कि के बारे में बताए थे कि का जो जो दुर्गा भी चढ़ाना चाहिए जी। अब दुर्गा चढ़ाने का पंडित जी मंत्र क्या है गणपति भगवान को ओम कांडात कांडात प्रहर एवं दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन चो ये दुर्गा कुरान हाँ ऐसे हो गया ओम दुर्वांग सुहृतान मृतान मंगल प्रदान अनिष्ठ आस्तम पूजाथम गृहम गणनायकम क्योंकि दुर्वा जो है गणेश भगवान को बहुत प्रिय बहुत प्रिय तो दुर्वा गणेश जी को चढ़ाना चाहिए दुर्वा की बात हो गया है आपका अब उसमें अगरबत्ती है धूप धूप बत्ती है अगरबत्ती अगर तो आप जलाएं तो ना, जला अच्छा रहेगा धूप बत्ती जला लीजिएगा ली जो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं धूपबत्ती है धूप बत्ती इसको इसको आप लोगों को जला लेना है एक मिनट दे दीजिए हम इसको देखिए ऐसा कर लिए हमने और ये देखिये दीपक, दीपक जो से दीपक नहीं जलाना। से कदा आप जलाना भी नहीं जलाना आप माचिस ले लीजिए माचिस ले लीजिए और, और उससे जलाइए क्योंकि दीपक से नहीं जलाना चाहिए दोष लगता है ओम वनस्पति रसोदूतो गंध्याडो गंध उत्तम आघ्रेय सर्व देवा धूपो यम ओम भू भोरव स्व गणेशम्बिकाभ्याम धूपम आघ्रा पयामी इसको आप नीचे रख दीजिए हाँ जी धूप के बाद दीप अब दीप, दीप हाँ। जो है उसमें से अच्छत लेकर के इस पर छोड़ दिया जाए दीप तो ओ आप आप के दीपक दीपक जला जला लीजिएगा दर्शकों हम तो यहां पर अच्छा छोड़ देंगे एक हाँ। दिखा तक कपूर दिख... का, का जलाइएगा नहीं जहाँ तक हो सके जैसे कि दीपक दिखाने के बहुत लोग उल्टा घुमा देते हैं नहीं क्लॉक वाइज क्लॉक घुमाना चाहिए जो भी आपको घुमाना घुमाना है इसे कर करके आप खूब इतमी नाम से आप दिखाइए तो संज चवर्तीयुक्त बहिना से अतिराप भीपात्म नेत घोरा दीप ज्योतिर नमस्ते दीप दिखाने के बाद जो है आप हाथ धो ले हाथ जरूरी होता है धूप हाँ। हाँ। दीप और उसके बाद अब नैवेद्य नैवेद्य नैवेद्य हम चढ़ा चढ़ा चुके हैं और गणेश जी को हमने संतरा और माता जी को श्रीफल हमने चढ़ाया हुआ है तो, तो इसका मंत्र पंडित जी हाँ, क्या है हम यहाँ पर हाथ थे हाँ आप स्पष्ट उसके चांदी के कटोरी में अपना जो है देखिए यही जो होता है ना ये इसको बोलते हैं कुशा की पवित्री ये आप ले आइएगा और इसको इस हाथ में ऐसे पहना हाँ, तो स्पर्श किए रहिए उसको माताजी को अर्पण कर दीजिए ओम ना चेण समोतालोकाय कल तदीय तो वस्तु गोविंद समर्पे आगछ सुखो दें गृहाण पुरुषोत्तम हे प्रभु ये आपका शब्द दिया हुआ है मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ हे माता हमारा क्या है जो भी हो भाव होना चाहिए कि जो भी आप भोज्य पदार्थ हो घर में बनी खीर हो माताजी को खीर भी बहुत खीर बहुत प्रिय होती है वो खीर आपको गुड़ से, से बनानी है से बनानी खाड़ वाली चीनी का प्रयोग मत करिएगा तो गाय के दूध में खीर बना करके माता रानी के सामने रख दें और गणपति पप्पा को तो भाई लड्डू मोदकम प्रियम इनको है बहुत मोदक ला के इनको रख लीजिए हाँ तो इनको अपना चढ़ा दे भोग लगाने जो के बाद मंत्र हमने पढ़ा उस मंत्र से पंडित जी ने जो हाँ, मंत्र पढ़ा उस मंत्र से आप चढ़ा दीजिए चढ़ा तो उसके बाद जल भी पांच बार हाँ, अब उसके बाद जो जल होता है हाँ, इसको चहाना होता है हाँ, और ये बताइए पंडित जी ओम प्राणाय स्वाहा पांच बार ओम समानाय आनाय पताइएम समनाय स्वाहा ओम उदाना स्वाहा ओम ब्यानाय स्वाहा ओम अमृता पिना स्वाहा ठीक तो नैवेद्य हो गया नैवेद्य के बाद जो है फल जी तो, तो फल इदम फल मया देव अस्थातुतम तेन मेम सफलावाति भरवे जन्म जन्मनी ओम भो भूरव स्वगणेश नमः ऋतु फलानी जो भी उस ऋतु फल उस समय मिले आपको ये नहीं है कि पंडित जी का दे आ, तो का देखिए आम आम लेकर के सीजन हो हाँ। तो आम कहां से लेकर के आएंगे तो जो ऋतु ऋतुफल के बाद दक्षिणा ए पान पान पहले देखिए देने ये देखिए पान बहुत अच्छा पंडित जी ने डिजाइन करके बनाया उसमें लौंग इलायची और सफारी और ये देखिए जो हमने इसमें रखा है इलायची है लौंग, लौंग है ऊपर से लौंग हमने खोज दिया है ये, इसमें सुपारी भी है ये, तो ये इसको आप भगवान को अर्पण करें ये, तो ये है देखिए ओम पुंगी फलम महादिव्यम नागवैली वैली दल एला चूर्ण संयुक्त ताम्बूलम प्रतिगृहताम आप लोग बना लीजिएगा नवग्रह के लिए नव हाँ। गणेश जी के लिए लक्ष्मी जी के लिए यहाँ पोषण मातृका है इनके लिए चढ़ा दीजिएगा जितनी आपकी सामर्थ्य होगी इस तरीके से करके इस मंत्र से आप चढ़ा देके बाद जो होता है सब कुछ करने के बाद जब दक्षिणा नी जी, तो जी, जी जी तो, भाई अब अगला इतना मेहनत कर रहा पंडित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी तो भाई कुछ दक्षिणा बनती है पारिश्रमिक है आप लोग भी देखिए जाते हैं जब ऑफिस जाते हैं काम करते हैं तब आपको सैलरी मिलती है पगार मिलती है तो यहाँ पर जैसे पंडित जी पूजा करा रहे हैं या हम कुंडली देखते हैं और अरे है पंडित जी बहुत लालची हैं पंडित जी पैसा लेते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं पता कितनी मेहनत पड़ती है पूजा पाठ में ये पूजा पूजन का जो वीडियो है बहुत हम शॉर्ट कर रहे हैं पूरी विधि ले रहे हैं तब ये एक से डेढ़ घंटे में ये वीडियो बन रहा है कई पार्टों में इसको हम बना रहे हैं अभी यदि और कायदे से यदि कराना हो तो कम से कम दो से ढाई घंटा तीन घंटा लग जाएगा और जो जो हमने पूजा पूजा पूजा पंडित जी आपने कराई थी ये, ये। लगभग है घंटों की पूजा ही पूजा चली हाँ, थी पूजा चली। और तीन दिन तक की पूजा चली है जी पंडित जी बताइए हाँ, तो अब उसके बाद दक्षिणा का क्रम आ जाता है तो यहाँ पर आपको दक्षिणा लेना जैसे अभी हम तो पैसा नहीं लिए हुए हम तो पंडित जी को देंगे ही देंगे लेकिन आप दक्षिणा हाथ में ले लीजिएगा और ध्यान कर लीजिए ओम हिरणा सम्रे भूत से जातः कयासे सदाधार आधार पृथ्वीम धातुते मयी कस्मयी देवाय विद्यम हिरण्य गर्भगर्भस्त हेम बीज विभावसो अनंतपुर फलदमतः शांति प्रयक्ष में ओं भो भर्वस्व गणेशा बिकाभ्याम नम सद्गुण द्रव्य दक्षिणा समर्पया यहाँ पर जरूर दक्षिणा चढ़ा दें दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब थोड़ा सा कपूर कर्पूर आप ले लें कपूर लेकर के जल आरती आरती कर दे तो कपूर की आरती करने के बाद कदली गर्भ सम्भूत कर आर भव। इतना कर करके आरती दिखा दें, आरती नीचे रख दें औ ज्वाला माल नमः करके और शीतलीकरण समर्पया कर दें। आरती करने के बाद आचमन ले करके हाँ। आप जो है शीतलीकरण उसका जरूर अवश्य कर दीजिएगा उसके बाद जो है आप प्रार्थना प्रार्थना करिए कि जो पूजा में हाँ छोटे तो गणेश जी का लक्ष्मी जी का सभी देवी देवताओं का ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्य लंबोदराय शकलाय शक्लाय देखिए प्रार्थना में एक भाव होना चाहिए नम आखों से प्रार्थना करना चाहिए तो। पंडित जी ने कितनी अच्छी बात कही है विघ्नेश्वराय वरदा सुरप्रिया लंबोदराय शकलायद्धिताय नागाननाय श्रुतिज्ञ विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार तिनासन पराय सर्वेश्वराय भक्ताशनपराय गणेश विद्याधरा विकटा चामनाय प्रसन्न प्रसन्नवरदा नमो नमस्ते तमाम वैष्णवी शक्ति अनंतर विश्व परमासी माया सम्मोित देवी सम में तम भोई मुक्ति हेतु गणेश पूजने कर्मम कर्म यूनम तेन सर्वेण सर्वात्मा सफ़लोस्तु सदा मम अन पूजया गणेश अंबिके प्रियता केवल हाथ के सामने आप चढ़ा दें और प्रणाम कर लें हाँ। तो पंडित जी ये विधि हो गई इसके बाद फिर क्या होता है अब इसके बाद देखिए पूजा पाठ जितने भी घर के सदस्य हो आकर के अपना वहाँ पर आरती ले आरती ले लें आरती करने के बाद वहाँ पर भजन कीर्तन धर्म चर्चा जैसे जो भी आप लक्ष्मी गणेश के ऊपर अपना बैठ कर के ध्यान रखें उनके विषय में सोचें किसी और को बताएं ये धर्म चर्चा होता है तो उसके विषय में अपना बैठ कर के कुछ न करें जी, जी। ओम श्री मंत्र का श्री बीज, मंत्र हमने बीज मंत्र, बताया लक्ष्मी जी का बीज मंत्र होता है आप कम से कम जो है पचास माला इक्यावन इक्यावन माला तो माल तो कर डालिए डेढ़ घंटे दो घंटे में दो घंटे में आराम से आप श्री बीज मंत्र का सिद्ध हो जाएगा सिद्ध भी हो जाएगा अमावस्या के दौर जी जी और इतना अच्छा योग है दीपावली का, दीपावली का, का। और अच्छे तृतीय उस दिन जो है जी। आप श्रृंग मंत्र का जी। जाप करें जी। हमन साम, दी, दी। हमन हवन सामग्री भी मिल रही है बाजार दी, दी। में उससे भी हो जाता है दी, दी। लेकिन पांच बार घी से जरूर करना पहले जरूर चाहिए पहले पांच बार अग्नि पर घी जरूर चढ़ाना चाहिए ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा पांच मंत्रों को पहले घी से दे देना चाहिए उसके बाद आप जो भी ओम ओम श्री महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमः नमः स्वाहा कर दें आज बार वहाँ जल गिरा दीजिए तो ये इस प्रकार की जो है, जो है हाँ। जो है देखिए दर्शकों से भी मत करिएगा सर्वप्रथम जैसे अच्छा हाथ में पहले प्रार्थना कर लीजिए भूल चुक के लिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने भूल चुक के लिए प्रार्थना नहीं होता है ये आप आवाहनमें आवा न जामी न जामी विसर्जनम पूजा च न जामी क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिनम सुरेश्वरी जत पूजिता मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में हे देवी मैं आपका कोई भी किसी न आवाहन के लिए मुझे ज्ञान है ना आपके विसर्जन के, के, के लिए मुझे कोई ज्ञान है मंत्र, मंत्र जानता, हूं। जानता हूं। ना तंत्र जानता हूँ हे देवी जो भी मैंने आपको अर्पण किया है उसे आप स्वीकार करें जी। जी। और जो भी भूल हुई है उसे आप हमें बालक समझ बालक समझ करके क्षमा करें तो क्षमा करने के क्षमा प्रार्थना करने के बाद एक थोड़ा सा चावल बाएं हाथ पर रख लें अच्छा पंडित ये जो आवाहनम न है इसको एक बार आप मंत्र पढ़ दीजिए हमारे दर्शक हाथ में अक्षत अच्छा ले लेंगे आप पूरा जरा इनको पढ़ के ओम आवाहनम न जाना न जाना विसर्जनम पूजा चै न जाना मी परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्त हीनम सुरेश्वरी जत्य पूजितम माया देवी परिपूर्णम तदस्तु में हे देवी देवता अब इसके बाद जो है अक्षत छिड़क करके और बोला जाएगा कि हे देवी देवता देखिए अक्षत आपको लक्ष्मी गणेश के ऊपर नहीं, नहीं छिड़कना है थोड़ा थोड़ा आप लोग थोड़ा सा जो है नवग्रह मंडल पर डाल दीजिएगा और जो है वरुण देवता पर डाल दीजिएगा खोडस मातृकाओं पर डाल दीजिएगा सप्तघित मातृकाओं पर डाल दीजिएगा इसके बाद और कहीं नहीं लक्ष्मी गणेश पर नहीं उसका यही है रीजन क्या है कि हे देवी देवता आप लोग अपने अपने धाम को वास करें जे, लक्ष्मी गणेश रिद्धि बुद्धि और सिद्धि घर में बास करें और जो भी आप चौकी या पीढ़ा या चाहे जो भी है वहाँ थोड़ा सा की जमीन आप हल्का सा उसको जो है टच करके हिला दें दे। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जब पूजन हो जाए विसर्जन हो जाए तो वहा जो आसन जिस आसन पर आप बैठे हो उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिरा करके देख जिसे थोड़ा सा जल गिरा करके ओम विष्णुवे नमः इस आ, हाँ ओम नमः नम पे हाँ ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः तीन बार बोल करके क्योंकि यदि आप ये तीन बार नहीं बोलेंगे तो इंद्र महाराज तैयार रहते हैं आपकी पूजा का, लेने का के लेने फल लेने के लेकिन हम लोग लो बता बता है। लगती नहीं है तो कुछ चूक हो जाती है तो ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम जो भी पूजा किए हैं वो पूजा का फल इंद्र महाराज बैठे रहते हैं कि जब कोई अपना आसन छोड़ करके हटता है तुरंत वो पूजा का फल ले लेते लेते हैं आपको जब भी बीच में उठना भी हो तो थोड़ा सा अब ये जो है पवित्र है या आप रखने और और आप निकाल करके और अपने बड़े के बड़ों का चरण, इस चरण पार्स इस पार्स जरूर करें जरूर करें अपने देवी देवताओं का ध्यान रखें लक्ष्मी गणेश को जहाँ उनका आसन हो पूजा घर हो वहां पर ले जाकर के जे। जे। स्थापित कर दे दर्शकों ये तो थी हमारी लक्ष्मी पूजन इसमें यदि किसी भी प्रकार से हमसे कोई त्रुटि हुई है तो हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं और जो बहुत विद्वान लोग हैं प्लीज़ अगर आपको कोई कमी लगती है देखिए ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है हम जानते हैं कि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं बहुत अच्छे कर्मकांडी हैं आपको बहुत कुछ आता है कमेंट आप लोग करेंगे ही करेंगे लेकिन फिर भी आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हम लोग अल्प है बहुत थोड़ा सा हम लोगों को न्यून ज्ञान है जिस प्रकार से हम लोग पूजा कर सकते थे और बता सकते थे एक संक्षिप्त विधि हमने यहाँ पर बताई हुई है लोगों तो तो लो तो कमेंट के माध्यम से और यदि आपको भी पूजन वूजन कराना हुआ कभी पंडित जी को यदि आप चाहते हैं कि आप बुलाइए इनको क्योंकि कर्मकांड के अभी तक यहाँ पर कोई बुक्स वगैरह कहीं नहीं रखी है सारे मंत्र इनको बिल्कुल कंठस्थ है हर एक मंत्र तो इनको याद है ये मां सरस्वती की मां सरस्वती की इनके ऊपर असीम कृपा है और भी इनको बहुत मंत्र याद है काफी कुछ इन्होंने यहाँ पर मंत्रों में थोड़ी बहुत ही कटौती की है लेकिन अगर बताने लगते तो तीन से चार घंटे पांच घंटे आराम से लग जाता तो अगर आप भी इनको बुलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया आप लोग संपर्क कर सकते हैं इनको किसी भी प्रकार के पूजन में अपने यहाँ पर आप इनको बुला सकते हैं इनको बुलाने के लिए देखिए आने जाने का हर एक प्रकार का जो है जो खर्च होता है और एक ब्राह्मण को जिस प्रकार से आदर आदर सत्कार सत्कार ब्राह्मण हमेशा का भूखा होता है तो वो सब आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी यदि आप नहीं बुलाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है इस विधि से आप स्वयं पूजा कर लीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादा बेटर रहेगा आपका कुछ अर्थ बचेगा उसको आप गरीबों के निमित्त लगा सकते हैं काम में ला सकते हैं दर्शकों ओम जय माँ श्री महालक्ष्मी और मेरा दर्शकों से भी आग्रह यही है कि आप इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर, कर, कर सकते हैं और, करें हम नहीं इस, रहे, रहे। और इस अपने आशीष बालक को आशीर्वाद और प्यार दे जी जी जय महालक्ष जय महालक्ष्मी दर्शकों